हेलो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टिक्की तो इसके लिए उबला हुआ आलू लिए हैं चार आलू लिए हैं तो आधा चम्मच काला नमक चाट मसाला आधा चम्मच सादा नमक लिए हैं धनिया पत्ता लिए हैं हरी मिर्च लिए हैं दो और चावल का आटा लिए हैं दो चम्मच जितना लगेगा उतना यूज करेंगे सारे मसाले डाल देंगे इसमें चावल का आटा डाल देंगे पूरा नहीं डालें हैं अब इसको मिक्स करेंगे घर में जो हो वही डालें चावल का आटा आटा ना रहे चावल का आटा तो आप सूजी डाल सकते हैं इस तरह से मैदा डालने से उतना अच्छा नहीं बनता है चावल काटा डाल सकते हैं चावल काटा ना रहे तो आप सूजी डाल सकते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च बुक की ज़रा सा और चावल का आटा रखेंगे थोड़ा सा रखिए इतना बच गया है तो इसको मिला लेंगे ये हो चुका है इसको पाँच मिनट के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें से तोड़ेंगे हल्का हाथ से टिक्की बना लेंगे इस तरीक़े से सेब दे देंगे एक और दिखाती हूँ इस तरह से करके हल्का हाथ से इसको हल्का दबाइए इस तरीके से तो सारी टिक्की हम बना लेंगे सारे टिक्के बना लिए हैं चार आलू में से आठ आठ आथ टिक्की बनाए हैं तो इसको फ्राई करते हैं तवा में बनाएंगे तवा गर्म हो चुका है और मैं इसको फ्राई सरसों तेल में करूंगी सरसों तेल में बहुत अच्छा लगता है हमको आप लोग सादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे गैस इसको ऑफ कर मैंने ऑन नहीं करेंगे मैंने कम कर देंगे अच्छा से गर्म हो चुका है तो इसको अब एक एक करके सारा रख देंगे यह सारा आ इसमें बराबर आ गया है तो इसको धीमाच पर इसको फ्राई करेंगे पलटते उलटते इसको पलटेंगे सारे वो प्लट लेंगे ऐसे इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ब्लैक लेंगे देख सकते कितना अच्छा कलर आ रहा है सारे को ऐसे पलट लेंगे हल्के हाथों से चाटिकी हो गया इसको निकाल लेंगे इसे और एक मिनट पकाएंगे ये भी हो चुका है थोड़ा सा हल्का कलर और आने देंगे इसके ऊपर इसे निकाल लेंगे अच्छा तरीका से कलर आ गया है अब क्रिस्पी भी हो गया है देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है आवाज सुन सकते हैं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और इसको आप हम इसको हम आपको स... थोड़ा सजा के भी दिखाते हैं दही हुई डाल उल इसमें दो टिक्की डालेंगे हल्का तोड़ के इसके ऊपर दही डाल देंगे ऊपर लाल चटनी डाल देंगे एक घर का दही है घर में जमाया हुआ है थोड़ी तो सी हरी चटनी डाल लेंगे, थोड़ा तो सा सेवल डाल देंगे अभी इसमें इमली का चटनी भी डाल सकते हैं तो इमली का चटनी नहीं था इसीलिए हम हरा चटनी डाले हैं और दही ये सब सारा सामान यूज होता है लेकिन जो आपका घर में रहे वो आप डाल के खा सकते हैं ज़रूरत नहीं है जो चीज़ नहीं है से नहीं खा सकते अब जो जो है उसी में आप बना के खा सकते हैं तो मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा